एक्सीडेंट पीछे मत तो सामने चला ले गाड़ी दोनों को देखो है भगाने देख की क्या जरूरत है को बर्बाद करके अपनी अपनी है ये है काफी तगड़ा एक्सीडेंट हुआ लग रहा है पानी गिरा ना कल रात में हुए हो सरिया ले लो सरिया सरिया तेरी गाड़ी सीधी चलती है भाई ये कर पाएगा नहीं पार वाह यार सबसे ज़्यादा भाई। है एक भी नहीं बस चाय वाली दुकान ये थी वो मैंने डाला था ना निकला भी यहाँ पे ही निकला ना <laughs> आई भी देखना चाहती है क्या चाहिए नीबू नीबू ये सागर गेरे हाफिस यहाँ सागर गेरे वाइट चीज पास्ता पास्ता ये कितना बड़ा फोर तो अभी क्या तो देखता दे दे दे एक बार ऑर्डर मिल रहा है या चले और मैं आएगा बाइक से आते तो कैसे आप आते आने गिर रहे pak hai ye yeah. aur mushkil rodhi a gaya rodhi rodhi ho tumhari mushkil na kamyaab ho are rodhi aayi ये अपन आ गए हैं डोडी लेफ्ट साइड ले लो ये रोड पे ले लो ये वाले रोड पे इधर इधर हम जा रहे हैं दोस्तों दो अब भले ही वॉल्यूम कम कर लो उसकी कर तो चीज़ या फिर आप क्या खाओगे खाओगे? डोडी पे? क्योंकि इनकी रात की उतरी नहीं है तो सुबह तो की चढ़ी नहीं है के तो नहीं? भाई हम सुधे शाकाहारी तो न खाते ना पीते ना खाते ना पीते ना आ, तो लिया यस ही आ आ तो वो रही है है चार्टेड वाह अरे क्या भैया दो चाहिए यार <laughs> आशीष ने पहन लिए जूते यश आ गई है बॉमेटिंग अरविंद ले रहे हैं फोटो ये है डोडी का बोर्ड हाँ चल ठीक है चलो भैया Let's go.